ओ हो, दो घंटा की बात मिलूंगी यार हवेली पे या शिक दो घंटा की बात मिलूंगी यार हवेली पे ठियािक दो घंटा की बात मिलूंगी यार हवेली पे ठियािक दो घंटा की